चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए खाली कलश शंकर जी के मंदिर से नहीं लाना शंकर भगवान को जल चढ़ाया चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया भले दो बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ उस दो बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की तीन उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी अपने अपने घर पर छोड़ दिया छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है उसकी यश की प्राप्ति उसको